दिल्ली में बसे खातिर बाबू सोना बोलैना दूसर बाबू मिली फर्स्ट बाबू भूल जाए ना कोई बड़ी बात नहीं क्या करके निकालना जोड़ी ना <laughs> कोई बड़ी बात नहीं क्या करके से निकालना